हर सुबह हमारा नया जन्म होता है हम आज क्या करते हैं सिर्फ यही मायने रखता है आज सुबह जब आपने अपनी आंखें खोली कोई अपनी आखिरी सांस ले रहा है ईश्वर का शुक्रिया कहे कि उसने आपको एक और दिन दिया है इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी हमें आज के रूप में एक मौका दे रही है नया मौका यहाँ है कि कल नहीं आने वाला है जो है बस आज है शुरुआत करने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है लेकिन उससे भी ज़्यादा महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है उठो और पूरे उत्साह के साथ दिन की शुरुआत करो जिस पल आप हार मानने की सोचते हैं उसी पल उस कारण को याद करें जिसकी वजह से आप डटे हुए थे यदि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो सबसे पहले जागना जरूरी है उठो उन सभी इच्छाओं को मुक्त हो जाओ जो तुम्हारी प्रगति रोकते हैं और अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ो बीते कल से सीख लो आज को जीना सीख और आने वाले कल से उम्मीद रख बढ़ते रहो कदमों के साथ किंग ऑफ लाइफ जय हिंद